युद्ध के अंत में एक भीषण युद्ध के बाद जिसे दोनों पक्ष के लोग खुद के प्रति और इस तरह के युद्ध को जारी रखने वाले हर व्यक्ति के प्रति घना लगभग एक लाख लोगों को मारने के बाद भी वो भी उस समय जब जनसंख्या आज की तुलना में 10 प्रतिशत भी नहीं थी अश्वत्थामा थामा वहां भी नहीं रुका अपने क्रोध के चलते वो गया और उन बच्चों को भी मार दिया जो सो रहे थे उसे जो अनुचित लगा उसका बदला लेने के लिए वो गया और सोते हुए सारे बच्चों के गले काट दिए शायद कुछ गलत था लेकिन ये थी उसकी करनी तो कृष्ण ने उसे मृत्यु का श्राप नहीं दिया उन्होंने कहा मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूं तुम्हें इसी अपराध बोध के साथ हमेशा रहना पड़ेगा तो उसका क्या परिणाम हुआ मुझे लगता है वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अश्वत्थामा बनकर प्रकट हो रहे हैं जो स्कूलों में जाकर बच्चों को मार रहे हैं हा? वो यही है नहीं तो कोई स्कूल में जाकर सबको छोड़कर बच्चों को क्यों मारना चाहेगा कोई कम से कम बड़ों को चुन सकता था मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह बेहतर होता लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये... ये स्पष्ट रूप से अश्वत्थामा का मूर्त रूप है क्योंकि आप किसी चीज से नाराज हैं आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं तो ये कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है क्योंकि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा और आराम आ जाता है आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं लेकिन वो सबसे गंदी चीज है जो आपके साथ हो सकती है कि आप मर नहीं सकते हेलो मैं चाहता हूं कि आप बस इसकी कल्पना कीजिए आप यहां लाखों साल बाद भी बैठे मैं जा चुका हूं हर कोई जा चुका है लेकिन आप अब भी यहाँ बैठे सबसे बुरी चीज है है ना आप भी समय पर मरिए शायद आप मेरे बाद मरना चाहते हैं मुझे मंजूर है लेकिन <laughs> आप भी एक दिन मरे ये एक अच्छी चीज है आप मर ही नहीं सकते ये बहुत भयानक चीज है है ना तो उन्होंने उसे सबसे भयानक चीज का श्राप दिया उन्होंने कहा तुम्हें हमेशा इसी पाप के साथ जीना पड़ेगा तो आपको यह समझना है कि जब कृष्ण बोल रहे हैं यहां तक कि जब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं मैं मैं मैं तब वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बता रहे हैं वो खुद को एक गुण के रूप में बता रहे हैं खुद को एक चेतना के रूप में बता रहे हैं इसलिए जब वो अश्वत्थामा को भी श्राप देते हैं तो उनका मतलब इसी चीज से है इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा जिंदा रहने वाला है वो कहते हैं वो लोग जो इस तरह के कृत्य किसी ऐसी चीज के कारण करते हैं जिससे वो क्रोधित हैं जिससे वो चिढ़े हुए हैं आप जाते हैं और जो बच्चे सो रहे हैं आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं ऐसे लोगों को हमेशा कष्ट भोगना चाहिए क्योंकि लोगों के बीच कई चीजें होती हैं जब युद्ध होता है तब आप मारते हैं ये होना नहीं चाहिए उन्होंने हर संभव कोशिश करके देख ली कि ऐसा ना हो पर जब ये हो ही गया तो उन्होंने कहा कि अब लड़ो ऐसा नहीं कि आप युद्ध के मैदान में जाएं और कहें मैं नहीं लड़ूंगा या तो आप युद्ध के मैदान में जाए ही ना और अगर आप वहां चले गए तो आपको लड़ना ही होगा इसलिए so एक दूसरे को मारा कितने लोग मारे गए महानायक मार गिराए गए अच्छे लोग मरे बुरे लोग मरे हर तरह के लोगों की मौत हुई पर जब ये खत्म हो गया तब आप जाकर बच्चों को मार देते हैं ऐसे आदमी को हमेशा कष्ट भोगते रहना चाहिए यही श्राप है